हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे आज हम आपके लिए लाए हैं ड्रेसिंग मोबाइल पी के इसमें कॉइन अनलिमिटेड मिलेंगे और डायमंड भी इसमें अनलिमिटेड होते हैं तो इसमें केवल भी अनलिमटेड होता है आप देख ही सकते हैं हमारे स्क्रीन पर काइन और डायमंड सब अनलिमिटेड हैं और जो है वो कम नहीं हो रहा है आप अब आपको बताते हैं ये कैसे लोड करेंगे और ये कहाँ मिलेगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे देंगे डाउनलोड जहाँ से करना है चलिए बताते हैं कैसे करना है आप लिंक पर क्लिक करेंगे सीधा यहाँ पे आ जाएंगे फिर क्लिक करेंगे तो पाँच छः से वेट करना पड़ेगा उसके बाद आगे देखिए बताते हैं डाउनलोड पे क्लिक करना है फिर ये एड आएगी इसे क्लोज़ करना है डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा हम तो पहले डाउनलोड कर चुके हैं इसलिए ऐसे नहीं करेंगे फिर यहाँ से सीधा अपने जाएंगे जहाँ पे गेम लोड है हमारा हमारे मोबाइल में वो एक ऐप से सब गेम में आते हैं तो आ गए सीधा गेम पे देखिए जो जो भी आप चाहेंगे यहाँ से अपने से बाय कर सकते हैं ट्राई किया है जो भी आपको अच्छा लगे जो भी चीज़ हमें ये बाइक चाहिए तो सही लग रही है इसे हम खरीदेंगे और ऐसे आप अपग्रेड भी कर सकते हैं तरीके तो से आप अपग्रेड कर सकते हैं कर तो सकते हैं जो भी कर सकते, तो सकते हैं और इसमें जो, जो होता है तो चलने उम्मीद है आपको आपको वीडियो पसंद आई होगी वीडियो को लाइक कर लें सब्सक्राइब कर लें शेयर कर लें